तलखिया दरकिनार करते हैं आरमूश्रे में बात करते हैं उनके जल्बों को शेयर करते हैं और फिर से वाह वाह करते हैं आवाज देता हूं अंश प्रताप गाफिल को मंच पर इजाजत से अंधेरो तुम नहीं समझोगे छोड़ो अच्छा अंधेरो तुम नहीं समझोगे छोड़ो हमारा डर हमारी रोशनी है क्या बात है बहुत अच्छा अंधेरों तुम, तुम, तुम नहीं, नहीं समझोगे छोड़ो हमारा डर हमारी रोशनी है बहुत शुक्रिया आपने हमें इस टीम का हिस्सा बनाया मैं आपके सामने चंद पंक्तियां रखता हूँ एक मतला शेर देखें हमको ये दर्द ताल्लुकात नहीं चाहिए खुदा दर्द ताल्लुका नहीं चाहिए खुदा मुझको ये मेरी ज़ात नहीं चाहिए खुदा दर्द ताल्लकात नहीं चाहिए खुदा मुझको ये मेरी जात नहीं चाहिए खुदा मैं जिसके लिए मांग रहा था वो मर गया मैं जिसके लिए मांग रहा था वो मर गया अब तेरी कायनात नहीं चाहिए खुदा क्या बात है क्या बात है मैं जिसके लिए मांग रहा था वो मर गया अब तेरी कायनात नहीं चाहिए खुदा ख्यालो खाब तलक को उदास छोड़ गया ख्याल ख्वाब तलक को उदास छोड़ गया मुझे ये गम है मेरा गम शनाश छोड़ गया मुझे ये गम है मेरा गम शनास तो छोड़ गया वो जानता था कि महफूज वो रहेगा यहाँ वो जानता था कि महफूज वो रहेगा यहाँ सुखुद को जाते हुए मेरे पास छोड़ गया क्या बात है बहुत सुंदर वो जानता था क्या तो शेर है फिर से वो जानता तो था कि महफूज वो रहेगा यहाँ सुखुद को जाते हुए मेरे पास छोड़ गया मुझे जो लगता है अपना बदन संभाले हुए मुझे जो लगता है अपना बदन संभाले हुए के जैसे लाश हो कोई कफन संभाले हुए के जैसे लाश हो कोई कफन संभाले हुए तमाम उम्र रहा इश्क पर वो हद में रहा तमाम उम्र रहा इश्क पर वो हद में रहा वो तन संभाले हुए था मैं मन संभाले हुए बहुत अच्छे क्या बात है क्या बढ़िया कह रहे हो अंश बहुत बहुत बढ़िया अच्छे वाह तमाम उम्र रहा इश्क मगर वो हद में रहा वो तन संभाले हुए था मैं मन संभाले हुए बहुत अच्छे और एक मतलब अक्शर और देखें कि सितारे शमशो कमर आसमा जमी दुनिया सितारे, शम्सों, कमर, आसमा, दुनिया, दुनिया, तुम्हारे बात किसी काम की नहीं दुनिया क्या मतलब है? तुम्हारे बात किसी काम की नहीं दुनिया यही जन्म है अगर मिल सको तो मिल जाओ यही जन्म है अगर मिल सको तो मिल जाओ तुम्हारी पहली है और मेरी सातवी दुनिया क्या बात क्या बात है सातवा नहीं है ना मेरी सातवीं दुनिया अच्छा एक मतलब देखें कि आंख भर, अच्छा? भर आएगी सीने से लगा लोगे मुझे जब किसी दिन मेरे मलबे से निकालोगे मुझे बहुत अच्छे जब किसी दिन मेरे मलबे से निकालोगे मुझे एक मैं हूं जो भी खुद को मैसर ना हुआ एक मैं हूं जो भी खुद को मैसर ना हुआ एक तुम हो जिसे लगता है कि पालोगे मुझे क्या बात है क्या बात है एक एक मैं मैं जो भी खुद को मैसर ना हुआ एक तुम हो जिसे लगता है कि पालोगे मुझे और एक मतलब एक और देख लें कि आप मेरी जिंदगी से क्या गए आहा आप मेरी जिंदगी से क्या गए आप मेरी जिंदगी से क्या गए फूल कलियां खार सब मुरझा गए वाह आप मेरी जिंदगी से क्या गए फूल कलियां खार सब मुरझा गए इश्क एक वहशत है जिसमें डूब कर इश्क एक वहशत है जिसमें डूब कर हम परिंदे अपने ही पर खा गए क्या क्या क्या बात? कहा? परिंदे हम परिंदे अपने ही पर खा गए वाह। खाब तमन्ना जिंदगी खाब आंसू दिल तमन्ना जिंदगी जब गए तो सब के सब यकजा गए जब गए तो सब के सब सब्जा गए गए। आंसू दिल जब गए तो सब के सब यज्ञ गए जा रहे हैं आप भी अब छोड़कर जा रहे हैं आप भी अब छोड़कर यार गाफिल आप भी उगता गए क्या बात है गाफिल बहुत अच्छे